बोले भंडारी बनकर के ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं पार्वती जी मना के हारी ना मने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गो में आ गए हैं गो में आ गए हैं से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में पारे बती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूँगा तेरे संग में रास रचेगी ब्रज में भारी हमें दिखा वो प्यारी गो में आ गए हैं गो में आ गए हैं ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊँ अपने साथ में हे मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊँ अपने साथ में श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना आए रात में सामे के सिवा महा कोई पुरुष ना जाए रास में हसी करेंगी बर की नारी हसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी बीरज में आ गए हैं वो में आ गए हैं एक दिन वो बोले भंडारी बन करके भी नीरज में आ गए हैं वो खुल में आ गए प्रसंगर जी जीद करते हैं पार्वती से कि हमें भी रास मिले चलो पार्वती जी मना करती कि वहां पुरुष कोई नहीं जाता श्याम के सिवा तो भोड़े शंकर कहते हैं कि पार्वती हमको ऐसा बना दो सजा दो औरत बना दो अपनी सहेली बना लो कहते हैं ऐसे बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को ऐसे बना दो कोई न जाने इस राज को मैं सहेली तेरी ऐसे बताना ब्रिज सहेली तेरी ऐसे बताना ब्रिज राज को इस पे पार्वती जी उनको सजाती हैं सजा के और उनके रूप को देख के मोनी रूप को हंसने लगती हैं हैं कहती सती ने कहा बलिहारी जाऊ इस रूप में के सती ने कहा बलिहारी रूप में। ये कह दिन तुम्हारे लिए आये थे इसी रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आय थे मुंह के जुड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली बीरज में आ गए हैं बीरज में आ गए हैं एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी बिरध में देखा मोहन ने तब तो समझ गए हैं इस बात को देखा मोहन ने तब तो समझ गए हैं इस बात को ऐसी बजाई बंसी खोए भोलेनाथ कोसी बजाई बंसी बंसीबुद खोए भोलेनाथ को सर से सर से खिसक गई जब साड़ी अरे मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं एक दिन वो बोले भंडारी बन करके बिज नारी दयालु तेरा तब से गोपेश्वर पड़ा नाम रे दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर पड़ा नाम रे बोल बाबा तेरा बिंदाबन बन गया धाम रे हे भोले दानी तेरा बिदाबन बन गया धाम रे तारा चंद कहे त्रिपुरारी तारा चंद कहे रखियो लाज हमारी बबुल में आ गए हैं बूकुल में आ गए हैं एक दिन वो भोले भंडारी बन करके के बीनारी में आ गए हैं बुकुल में आ गए हैं बोकुल में आ गए हैं बोकुल में